कि हाजी बार बार इस्तेमाल करती हो झंडू बांध थोड़ी है हम कि हाजी बार बार इस्तेमाल करती हो झंडू बांध थोड़ी है हम और जहाँ कह दो तो वहाँ चले तेरे बातें बुला